इनको अभी उससे पहले नहीं करूंगा मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ उन तीन लड़कियों को देना चाहता हूँ कि अगर आपको ठंड लग रही है तो फिर राहुल गांधी को भी ठंड लगेगी जिस दिन आपने स्वेटर पहन लिया उस दिन राहुल गांधी स्वेटर